ये करे करे ऊपर ओ भाई साहब हो गया ना मत आजा है है है वो एक बार इसको डैमेज दिया उसको पोजीशन पता तुम्हारी अरे पता है लिख लिया क्यों नहीं आएगा आएगा